कमाल की चीज है जिम्मेदारी साहब जिसके कंधों पर होती है ना वो औरों की तरह वक्त बर्बाद करता दिखता नहीं है आपको उसको नहीं याद रहता कि सुकून असल में दिखता कैसा है क्या होता है आराम से बैठना